तो हेलो गाइस कैसे आप लोग उम्मीद कर सब लोग अक्षर आगे ही बढ़ने वाला है तो गाइस फिर से एक नया कॉन्टेक्ट फाइल लेके आ चुका हो आज का जो कॉन्टेक्ट फाइल होने वाला है एम बॉर्ड और एम लॉक दोनों इसमें होने वाला है और सबसे बड़ी बात तो है इस बार का कॉन्टेक्ट मैं आपको लाइव प्रूफ एकदम दिखा रहा हूँ देखो गाइस आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट करते हैं देखो भाई लोग लाइव प्रूफ ना दिखा तो हम लोग कॉन्ट्रिक फाइल नहीं यूज करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ और ये अपनी खुद खेल के मैं आपको दिखा रहा हूँ मतलब कि मेरा ही गेम प्लेयर है मैं अपने कॉन्टेक्ट फाइल अपलाई करके आपको खेल के दिखा रहा हूँ गाइस मस्त कॉन्टीफाइल अगर आप यूज करोगे तो आपके भी कुछ हेड ऐसे ही लगने वाले हैं तो अब बात कर लेते हैं उन बंदे के बारे में जो बंदे हमेशा पूछते हैं। अंजन भाई आपका कॉनिफाइल यूज करे तो हमारा आईडी डी बैन किया फिर आईडी ब्लैक लिस्ट तो नहीं हो जाएगा तो देखो भाई लोग मैं आपको एकदम लाइव समझा देता हूँ आईडी डी ब्लैक लिस्ट ऑफ या फिर आईडी बैन कब होगा जब आप कॉन्फिग फाइल अपना ओबीबी के अंदर आप पेस्ट करेंगे मतलब जो भी यूट्यूबर आपको यूट्यूबर का मैं नाम नहीं लूंगा तो बहुत बड़ी लफड़ा हो जाएगा इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कौन से कौन से बंदे ऐसे करते जो यूटूबर आपको मतलब कॉन्फिक्ट अपने ओ अंदर के पेस्ट करने को बोलता है मतलब वो कॉन्फिक्ट फाइल में कुछ गड़बड़ है मतलब ओ के अंदर आप कॉन्फ्रिक फाइल पेस्ट करोगे तो आपका आई बैन हो सकता है जो कॉन्टिक फाइल आपके अंदर डेटा के अंदर पेस्ट करने को बोलता है उससे कॉन्फिक्ट फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता मैं तो हमेशा आपको डेटा के अंदर पेस्ट करने बोलता हूँ इसलिए ये बस एक सेंसिटिव होता है कोई भी हैक नहीं होता इसलिए आप एकदम अपने दिमाग में डाल लीजिए आपका आईडी बैन नहीं होने वाला है और एक बात गई बड़े दिनों से मैं कभी मोबाइल पे नहीं खेल रहा था बहुत दिन हो गए मैं मोबाइल पे गेम प्ले ना करते हुए तो देखो आज बहुत दिन के बाद मैं मोबाइल पर गेम प्ले कर रहा हूँ इसलिए मस्त मजा आ गया अप्लाई करके तो आप भी अपने मोबाइल पे वर्क करो और इसको रैंक कुछ करने के लिए यूज कर सकते हो तो चलो वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा करेंगे सीधा आपको अप्लाई प्रोसेस भी दिखा देते हैं तो देखो भाई वीडियो में आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा इसलिए उस पासवर्ड देख के वीडियो को एक्सप्लोड कर लो तो इसके अंदर आपको एक एम बोर्ड रिकॉन्फिग मिलेगा दूसरों के अंदर दिखा देते हो तो क्या है जैसे कि आप देख सकते हैं इसके दोनों को आपको लॉन्ग प्रेस करके एक साथ मिल कॉपी कर लेना है तो अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद आपको कुछ नहीं करना आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या करना पड़ेगा आपको डिवाइस में भी चला जाना पड़ेगा जाने के बाद आपको एंड्रॉइड सिम्पली एंड्रॉड में क्लिक कर फिर डेटा पे क्लिक कर दीजिए फिर जो भी खेलते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए तो मैक्स खेलते हो फिर आपको फाइल्स पे क्लिक करना पड़ेगा फिर कंपल्स एडी कंपल्स कैच एंड्रॉइड गेम्स बंडल और यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना है बस इतना सा कर दीजिएगा आपका काम बन जाएगा